Hey everyone. Welcome back to my YouTube channel. आज जा रहे हैं हम फ्रेंड की हल्दी हल्दी में। लग लग रहा है मेरा वाला। हाँ, लग तो है। मेरा वाला। यार रास्ता भूल गए, भटक गए हैं प्रातःकाल सुबह आठ बजे दोपहर बजे yeah. शाम Finally, मैं पे पहुंच चुकी हूं, पे चुकी और यहां से अंदर मुझे की बहन है छोटी सिस्टर वो आएगी अब देखती हूँ मुझे कोई येलो लड़की दिख जाए सॉरी येलो ड्रेस में लड़की दिख जाए <laughs> तो ये रही उसकी छोटी बहन बिल्कुल उसकी तरह दिखती है आ, तो कंफ्यूज मत हो नाइडल नहीं है <laughs> अब वो सोचेंगे कि वो क्या कर रहे थे थोड़ा थोड़ा ब्लॉक बन रहे हैं तो यहाँ है। तो पर उसकी भी फ्रेंड आने वाली है और उसका भाई तो भाई मैडम तो पिंक गुलाब बनकर आई हैं और भाई हैलो हम लोगों ने येलो थीम के साथ मेहंदी है तो वही हल्दी है तो येलो ही पहनेंगे सॉरी मेहंदी का फंक्शन हमारा शाम का था बट किसी रीजन की वजह से हम कल करेंगे क्योंकि लगन में जो निकला है वो कल का निकला है तो यहाँ पे हमारी ब्रेडल का शुभ मुहूर्त जो हल्दी लगने का था वो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था क्योंकि हम लेट पहुँचे थे सारे के सारे रास्ते भटक रहे थे यहाँ वो फ़ोटो शूट पर लगे हुए थे और हमने कहा चलो भाई मैं भी थोड़ी सी मदद करवा देती हूँ इसे डांट खाने पर डांट तो फिर भी खानी पड़ेगी यहाँ मेरा और उसका फ़ोटो शूट हो रहा है हम फ्रेंड्स ऑलरेडी लेट पहुँचे थे क्योंकि हमें नाचने और खाने का ही मतलब होता है शादी में पर हमने कहा चलो भाई ये सगन भी पूरा कर देते क्योंकि ये चारे हमारी दोस्त, दोस्त बैठी हुई थी हमारे इंतज़ार में इसके लिए वही थैंक यू क्योंकि मेहंदी लगने के बाद इतनी देर तक नहीं बताते पर फिर भी इससे कहा नहीं दोस्तों को आए नहीं यहाँ पर मेरी बारी आती है मैंने कहा चलो बच्चों को पहले लगा देना मैं लगा देती हूँ बाद में अब ये कहीं मुझे ना लगाती बट ऐसा होगा ज़रूर क्योंकि ये बिना इसके मानने के लिए हमारी एक्साइटेड ब्राइडल है तो यहाँ पर हमने कहा चलो कुछ फ़ोटो शेशन भी करा लें फोटो क्योंकि फोटोग्राफर भैया आए हुए थे और शाम को हल्दी का प्रोग्राम था बट अपंडित के हिसाब से कल का रखा जाएगा तो हमारा कल का मेहंदी का फंक्शन होगा आज का नहीं तो फिर से इसको वही वाला करेज आया और भाई हल्दी लगा रहे हैं भाई अच्छा है लेकिन हमारी ब्राइडल थोड़ा सा इमोशनल थी बट वो आपको दिखेगा नहीं क्योंकि हल्दी हमने इतनी लगा दी है कि बिल्कुल भी नहीं दिखेगा और यहाँ पर हमने ब्राइडल का डांस करते हुए तारे आ आजा और ब्राइडल की बहन तो बहुत एक्साइटेड थी नाच नाच के आज उसने फ्लोर ही तोड़ देना है बट कोई ऑडियंस को कोई मज़ा नहीं आ रहा पीछे पेडिया ऑडियंस तालियां नहीं मार रही है वो सोच रही कि अब ऑडियंस तालियां मारेगी अब ऑडियस <laughs> बट ऑडियंस को कोई मज़ा नहीं फिर आई दुल्हन की फिल्म की बारी और दुल्हन की फंड ने बहुत सारा डांस किया वैप्ची के लांस में बट उसको लगता रहा वो डांस पर नाचते रहे ऑडियंस पीछे देख कर तालियाँ कुछ ऑडियंस इधर उधर घूमती रही बट किसी ने उसको ये नहीं कहा कि बस थक गोल बेटा पापस दे और ऑडियंस में खूब गोल गोल गोल गोल घूमा मेरा दिल पुकारे आ आजा आ पर किसी ने वो पेप्सी नहीं पिलाई और यहाँ पर आते हैं बहुत सारी मस्ती है छोटी सिस्टर के बारे में यहाँ पर डांस इनका अलग ही है सीडोंग नो मो सॉन्ग है उस पर गाना करती है डांस अच्छा करती है जहाँ पर उसकी वीडियोज आपको यूट्यूब पर मिलती रहेंगे बट अभी मतलब क्योंकि बहुत सारा और यहाँ पर हमारा वो दुर्भ था जहाँ मैंने ऑलरेडी हेल्स कर डर की वजह से बस थोड़ा थोड़ा ही चीचिला जवाब तेरा को जवाबला जवाब तेरा ना जवाब इंडिया का चिकार। तो यहाँ पे हमने डिसाइड किया कि भाई चलो मेरे दिल ये पुकारे तो डांस करते हैं बट डांस तो दूर की बात है यहाँ हमारे में जो खराब करने वाला होता है ये डांस यहीं पर ख़राब हो जाता है तो देख देख देख जाते जाते चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में बाय